कैसे से आप नाश हो सब बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए तो गुड मॉर्निंग सबको पहले तो आज मैं बहुत सुबह ही सुबह उठाऊँ और मेरे हाथ में फ़ोन आया है क्योंकि अभी मैं क्लासेस जा रहा हूँ और क्लासेज जाते और एक तो सुबह रात भर इतना बारिश हुआ ना नींद नहीं आया मुझे ढंग से और अभी दिखाता हूँ कितना बारिश हुआ रोड एकदम से भीगा हुआ है और मैं अभी खाते खाते जा रहा हूँ क्योंकि मैं घर पर तो कुछ खाया नहीं अभी मैं नौ बजे जा क्लास और आऊँगा समथिंग कुछ तीन बजे तक घर पहुँचते पहुचते बारिश होने लग गई तो पूरा रोड चलते भीग गया तो मैं भी बारिश में भीग ही तो भी। रहा हूँ अभी से क्योंकि उतर गया चार नंबर पे उतरेगा और घर पे और मैं घर पे गया था मैं बोला था कि मैं आगे ब्लॉक शूट करना पर मैं घर पे जाके इतना जा काम आ गया था तो उस चक्कर में मैं ब्लॉग भी नहीं सुन कर पाया कुछ हो गया है ना इधर चलते हुए अभी ट्रेन भी जा रही है चलते भी गर्मी तक बहुत आवाज़ आ रही है गाइस चेक कर रहे हो बारिश बहुत ज़ोर से, से हो रही है इधर पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है आपको क्या पता दिख रहा है कि नहीं मैं रोड पर चल दिखाता हूँ आपको में पानी चला गया अब देख रहे हो बारिश बा, बारिश का टाइम भी नहीं है, बारिश हो रहा है मार्च में हो गई लोना वाला भी बारिश हो रहा है बहुत जबरदस्त, लोना वाला मतलब वहाँ बाद भी आ गई मतलब क्या बहुत जबरदस्त तो बारिश भी बर्फ गिर रहा है आज अभी अभी जो वाला जाएगा उसको ठंडी लग जाएगी नहीं उधर पहले हमेशा ठंडी रहेगी तो अभी और ठंडी रहेगी बारिश के बाद। ठंडी रहेगी उधर वैसे भी जैकेट वगैरह पहन के जाना नहीं पड़ता ठंडी तो बहुत